अबे भाई देख मेरा नया आईफोन अबे भाई मेरे पास ऐसे चार है और देख मेरी नई गाड़ी अबे भाई मेरे पास ऐसे चार है अब भाई मेरी गर्लफ्रेंड अबे भाई मेरे पास ऐसे चार है भाई मेरे पापा अबे भाई मेरे पास ऐसे चार